मैं डॉक्टर एम एन के एन कॉलेज कुर्डवाड़ी आज हम बीए भाग दोन के भक्तिकाल के अंतर्गत मध्युगीन काव्य के अंतर्गत संत कबीरदास के पदों का अध्ययन करेंगे हिंदी साहित्य के चार काल है आदिकाल भक्तिकाल रीतिकाल और आधुनिक काल उनमें से भक्तिकाल के अंतर्गत दो धाराएं प्रमुख रूप में दिखाई देती है निर्गुण भक्ति शाखा और सगुण भक्ति शाखा निर्गुण के अंतर्गत ज्ञानी भक्ति शाखा के अंतर्गत संत का प्रमुख स्थान है इन कवियों ने जातिपाती, भेदभाव रूढ़ी परंपरा अंधविश्वास मूर्ति पूजा तथा बाह्याडम्बर का प्रकट विरोध किया है इनमें भक्ति ज्ञान तथा योग के साथ साथ समाज चिंतन इनमें पाया जाता है कबीर की हर दोहा तथा पद हमें समाज प्रबोधन उनमें पाया जाता है कबीर का प्रमुख ग्रंथ बीजक है बीजक के तीन भेद है साखी सबद रमेनी साखी में हमें दोहे पाए जाते हैं और कबीरदास के यह जो पद है वह हमें अध्ययन के लिए है तो हम पद देखते हैं दुल्हनी गा मंगलाचार हम घरी आए हो राजा राम भरतार तनरत करी करिमय रन करिहु पंचत बाराति रामदेव मोरे पाहुने आए मई ज्योबन मयि माती शरीर सरोवर बेदी करी करिहूँ ब्रह्म उचार, रामदेव संगी भौरी धनी धन भाग्य हमार सूर तैतीसु कोतिक आये मुनियन सहज अठासी कहे कबीर हम ब्याही चले है पुरुष एक अभि अभिनाशी प्रस्तुत पद में संत कबीरदास यहाँ एक शादी का उदाहरण देकर अपने मनोभाव को व्यक्त कर रहे हैं जिस प्रकार पति और पत्नी शादी के समय एक रूप पाए जाते हैं उसी प्रकार यहाँ संत कबीरदास यहाँ पत्नी के रूप में हैं और उनके पति राजा राम आज उनके घर विवाह के लिए आ रहे हैं इसका वर्णन कबीरदास ने उसे अनोखा रूप देकर प्रकट करने का प्रयास किया है तो हम देखते हैं यह संत कबीरदास यानी जीव ईश्वर की पत्नी मानकर उनके द्वारा सहज रूप से वरन किए जाने के संदर्भ में विवाह का उदाहरण स्पष्ट होता है कवि कबीरदास कहते हैं कि हे है समस्त सौभाग्यवतियों यानी दुल्हनियों संतजन जिन, जिन जिनको ईश्वर ने वरण कर रखा है ब्याह का मंगल गान गाओ क्योंकि आज मेरे घर मेरे पति राजा राम आए हुए है यानी शादी में जैसे विवाह के समय मंगल दुनिया बजाई जाती है उसी प्रकार यह कबीर संत जनों को आह्वान करते हैं कि आप ऐसा भजन करो जिससे मेरे राजा राम आज पति के रूप में ब्याह के लिए यहाँ आ रहे हैं तो मंगल गान गाओ ऐसे प्रार्थना कबीरदास कर रहे हैं आगे कबीर कहते हैं कि मैं संपूर्ण शरीर को अत्यंत प्रेम भाव के कारण उनमें अनुरुक्त करके मैं उनमें मन को पूरी तरह से अनुरुक्त कर दूंगी उस मेरे पति में मेरे शरीर और मन की समग्र आत्मीयता समर्पित हो उठेगी पंच महातत्व यानी पृथ्वी जल अग्नि वायु तथा आकाश ये सभी कबीर के विवाह के बाराती है मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज मेरा मेरे पति राजा राम मेरे यहाँ अतिथि के रूप में आ रहे हैं और मैं यवन में मदमस्त हूँ यानी पत्नी जिस प्रकार पति की राह देखती है उसी प्रकार यहाँ कबीरदास अपने पति राजा राम की राह देख रहे हैं श्री राम से विवाहित होने के लिए वे शरीर से और मन से तैयार हो गए हैं तो कबीरदास कहते हैं इस शरीर रूपी नदी के यानी सरोवर के तट पर मैं यज्ञ वेदी रचूँगी स्वयं ब्रह्मा यहाँ वेदों का उच्चारण करेंगे जैसे शादी में ब्राह्मण वेदों का उच्चारण करता है या विधि का उच्चारण करता है उसी प्रकार यह कबीर की शादी में स्वयं ब्रह्मा यहाँ वेद मंत्र का उच्चारण करने के लिए आ रहे हैं कबीर कहते हैं कि मेरा भाग्य धन धन्य है कि मैं राजा राम के साथ जैसी एक पत्नी पति के साथ साथ फेरे लेती है उसी प्रकार मैं राजा राम के साथ बहुरे लूंगी आगे कबीरदास कहते हैं कि मेरा यह विवाह का कौतुक देखने के लिए तैतीस करोड़ देवता तथा अट्ठासी हजार मुनिजन मुनिगन आए हुए हैं कबीर यहाँ निष्कर्ष निकालते हुए कहते हैं कि मुझे नारी यानी जीव को अविनाशी यानी एकमात्र पुरुष ईश्वर राजा राम ब्याह कर ले चुके हैं और मैं तन और मन से राजा राम के साथ एक रूप हो जाने वाली हूँ यह कबीर दास ने सौभाग्यवती पत्नी के रूप में माया के प्रलोभन सारे व्यर्थ हो चुके हैं ऐसा पाया जाता है यहाँ कबीरदास पत्नी के रूप में पति से एक रूप होने के लिए यह वैवाहिक उदाहरण देकर कबीर ने भक्तिभाव को अपनी भक्तिभावना को यहाँ व्यक्त किया है आग आगे का जो पद है वह जरी जरी जाव ऐसा ऐसा जीवना राजा राम प्रीति न होई हो जन्मिक जात चेतिन देखी कोई मधुमाखी धन संग्रहे मधुआ मधुले फिरी पीछो पचितायि रे विषिया सुख के कारणे जाई गणिका प्रीति लगाई अंधे आगि न सुजयी पड़ी पड़ी लाग बुजाई एक जनम के कारणे कत पूजो देव सहसोरे का न पूजा राम जी जाको भगत महेश कहे कबीर चिन चंचलाोरी विषिया फिरी फिरे आवरे राजा राम न मिले बहो रे यहाँ संतकबीरदास यह कहना चाहते हैं कि मनुष्य आजीवन इस जन्म से प्रेम करता है लेकिन यह संसार तथा जन्म नश्वर है सांसारिक माया के प्रति कबीरदास ने मुक्ति के लिए प्रार्थना यहाँ की हुई है तो संत कबीरदास कहते हैं कि यदि राजा राम से प्रीति नहीं है तो यह सारा जन्म विनष्ट हो जाएगा यानी भगवान से भक्तिभावना करो ऐसे कबीरदास यहाँ कहना चाहते हैं नहीं तो मनुष्य का जन्म अमूल्य चला जाता है मनुष्य का जन्म अमूल्य है वह कितनी सारी योनियों में जन्म लेने के पश्चात प्राप्त हो जाता है तो ऐसे जन्म की सार्थकता करो भगवान से भक्तिभाव ना करो ऐसे कबीरदास कहता है नहीं तो हमारी स्थिति ऐसी हो जाएगी जैसे मधुमक्खी जगह जगह से मधु लेकर छत्ते में इकट्ठा करती है किंतु मधु निकालने वाला एक ही क्षण में मधु निकालकर ले जाता है उसी प्रकार हे जनों, यदि यह जीवन रुपया धन के नष्ट हो जाने पर तो सिर्फ पश्चताप करता रहेगा क्योंकि हम संपत्ति के लिए अपना पूरा जीवन दाव पर लगाते हैं और इसकी वास्तविकता समझ लो ऐसे कबीरदास यहाँ कहना चाहते हैं क्योंकि हम विषय विकारों में ही विषय वासना को ही सुख मानते हैं और माया रूपी वेशा से प्रीति लगाकर कर अजन्म हम खो देते हैं इसीलिए हे तू लोग संसातियों में अंधा हो चुका है ऐसे कबीरदास यहाँ कहते हैं अनप्रेम में अंधा होने के कारण हमें हमारी समझ में कुछ नहीं आता और इसीलिए तो राम की उपासना क्यों नहीं करता जिसकी उपासना स्वयं शंकर भी करते हैं ऐसे कबीरदास यहाँ कहते हैं तो अंत में कबीरदास निष्कर्ष निकालते हुए कहते हैं कि माया में संसत है चंचल वृत्तियों से गुड़ मूढ़ प्राणीजन मेरा परामर्श सुनो और विषय वासनाओं की तृप्ति के लिए अनेक योनियाँ हैं कितु श्रीराम की भक्ति के लिए एकमात्र मनुष्य योनि है इसकी सार्थकता समझ, समझ और भविष्य में वह मिलेगी या न मिलेगी इसीलिए मनुष्य का जन्म अमूल्य है उसे सार्थकता में लगाओ ऐसे कबीरदास यहां भक्तिभाव को व्यक्त कर रहे हैं धन्यवाद